आशीष ने उठाया है कपीट बता दो भाई कभी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हुए थोड़े तो अंधे हो खरीदे ने चार सौ रुपये किलो <laughs> इसीलिए दो ही लिए दो ही लिए अच्छे दो ही अच्छे था मंदिर रूचे मकान बच्चन पार्टी का नहीं ना जो की प्लेइंग राजधानी में 11 बच्चे है नहीं नहीं मैच खेलने की पूरी टीम है जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल और हो महादेव महादेव ब्लॉक कर गए वो जैन में एंटर ये देखिए ये है मेन के आईना काफी गंदा है यार। <laughs> राजा विक्रम विक्रमा नगरी। अरे निर्मला स्कूल है। <laughs> कॉलेज <laughs> कट <कर्टेट>, अरे बेटी श्री किया करवा टू व्हीलर करता हूँ बात कर दूंगा मैं वही तो बेटा ही होगा आई डी एफ सी से जीरो गा? अरे गाड़ी में डिस्काउंट मैं कराऊंगा सीरीज में फ्री लूंगा तो अरे चढ़ने वाले इंसान नहीं है डेढ़ किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर गंदा हो गया, गया है है यार पानी पानी तेरी गाड़ी गाड़ी क्या अच्छा कोई भी गाड़ी हो मैक्सिमम जाए चाचा के यहाँ ना कहा देखला ऊपर ऊपर चढ़ना हां चढ़ो चढ़ो चल हर सिद्धी मंदिर की ये चिंतामन गणेश मंदिर बस महाकाल बाबा की कुछ है निशाने तो बहुत शांत थाnabla वाली वो चिन्ह मेरा आते पर ये ऐसे का रास्ता है, सामने आता ये पीछे जाता पीछे साइड ही यहाँ पार्किंग नजारा कितना शानदार बना है। कसम से भाई यहाँ पार्किंग, शानदार